बसमिल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे आज कल नींद का मसला बहुत ही ज़्यादा आम होता जा रहा है और ये एक चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत छोटी है ये चीज़ बहुत आम है कि आप जब दिल चाहेगा सोलेंगे जब दिल चाहेगा जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजार लेंगे ऐसा नहीं होता ईवन आपकी 90 मोर देन 90 परसेंट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी नींद से जुड़ी होती हैं अगर आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब है तो आपको बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है इसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं आज मैं आपको इन एक लाइक रोड मैप देने वाला हूँ कि कैसे मैंने सात दिन के अंदर अंदर अपनी नींद के मसले को हल किया टोटल ये जो थे वो 45 डेज थे लेकिन 45 डेज़ में से ये जो सात दिन थे ये मेरे स्पेसिफिकली सिर्फ नींद के ऊपर थे ये मेरा जो मेरी जो बुक है हाउ आई वॉन्ट माय लाइफ ये चैप्टर वहाँ से है कि मैंने अपनी नींद को कैसे ठीक किया बेसिकली मैं जब डिप्रेशन और एन्जाइटी की बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा रहा था तो मेरी नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ती जा रही थी मुझे नींद आती ही नहीं थी अगर आती थी तो कभी चंद घंटों के लिए होती थी और वो नींद का सिर्फ झोंका ही होता था और मुझे इसके अलावा इसके बहुत से लाइक फिज़िकल सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा था मेरी ठीक से मुझे अगर चीज़ें मैं याद करूं तो वो इस तरह की थी कि वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी जो कभी भी आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन उस टाइम मैंने एक नींद की बीमारी को एक्सपीरियंस किया जिसे इंसोमिया कहा जाता है इंसोमिया एक नींद की बीमारी होती है कि जिसमें इंसान को नींद नहीं आती अगर आती है तो थोड़ी आती है और अगर थोड़ी आती है तो वो भी टुकड़ों में आती है और कभी कभी इतनी जल्दी इंसान उठ उठ जाता है कि फिर उसके बाद नींद नहीं आती इंसान को इंसान के बिलीव्स होते हैं कि जब वो बेड पे जाएगा उसे नींद नहीं आएगी अगर नींद आएगी तो पहले जैसी नींद नहीं आएगी और जब मैं सोऊँगा उसे लगता है कि वो सोया नहीं हुआ मैंने ये सारे एक्सपीरियंस किए हैं मुझे भी यही लगता था कि मुझे आज नींद नहीं आएगी मुझे कल नींद नहीं आई थी मुझे आज भी नींद नहीं आएगी मैं जब सोऊंगा तो मैं सोऊँगा नहीं मैं तो जाग रहा हूँ मुझे ये सेल्फ बिलीव अंदर से आवाज़ आती थी मेरा डिप्रेशन बेड पे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था मेरी एन्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी मैं जब बेड पे जाने लगता था मुझे लगता था कि जैसे मैं बहुत एक डिफ़िकल्ट काम करने वाला हूँ मैं एक बहुत ही बुरी जो है ना वो सरगर्मी को अंजाम देने लगा देने वाला हूँ कि एक यूजलेस एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती थी तो जिसकी वजह से मेरा जिसम दर्द रहता था सर दर्द रहता था पूरा दिन एनजाइटी रहती थी और लाइक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता था मैं इस पर भी एक टॉपिक पर वीडियो कवर कर चुका हूँ कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको डिप्रेशन होता है इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं इसको इग्नोर ना करें मैंने सात दिन के अंदर अंदर अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जी हाँ सात दिन के अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये कॉमन चीज़ होती जा रही है और ये मुझे नहीं पता थी मुझ समेत बहुत से लोगों को नहीं पता होगी मुझे ये चीज़ मेरी वालदा ने बताई कि बेटे आप अल्लाह के साथ जुड़ोगे ना तो आपकी नींद ख़ुद ब खुद, खुद बेहतर हो जाएगी आप जब अल्लाह के आगे झुकोगे अल्लाह से मदद मांगोगे नमाज़ पढ़ोगे तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी मैंने कहा नमाज़ पढ़ने से नींद कैसे ठीक हो सकती है अब मैं सिर्फ इस चीज़ को कैसे ठीक होगी को मैं ये नहीं कहता कि मैंने कहा और मैं आगे निकल गया नहीं मैंने इस पर रिसर्च शुरू की मैंने देखा कि जो हमारी नमाजें होती हैं वो ऐसे अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की हैं कि उसमें जो है वो हमारी नींद जो है वो ख़ुद बुद्द ही बेहतर होती है अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारी नींद ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाती है कि फिर हमें रात को जो है वो जल्दी नींद आ जाती है हम गलती क्या करते हैं बेड टाइमिंग हम पूरा दिन बेड पर रहते हैं बेड पर रहते हैं और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारा जो अंदर का इंटरनल मेमोरी क्लॉक सिस्टम होता है इंटरनल क्लॉक सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है वो 24 घंटे का जो क्लॉक सिस्टम है उसमें अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ जो है ना वो टू नेचर जो है वो कनेक्ट की हुई है हम नेचर से हट जाते हैं हम अपने ही नेचर बना लेते हैं तो फिर हमारा जब नेचर से कनेक्शन ब्रेक होता है तो फिर हमें नींद की प्रॉब्लम होती है दूसरी हमारी आदात एक तो हम सेलफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम बेड पे जाते हैं मोबाइल को साथ लेके चले जाते हैं जब हम बेड पे जाते हैं तो परेशानी को साथ लेके जाते हैं हमारी परेशानी भी हमें सोने नहीं देती परेशानी भी हमारे जो है वो नींद के केमिकल को रिड्यूस करती है कम करती है पूरा दिन लेटे रहते हैं कोई काम नहीं करते तो सात दिन मैंने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर करने लगाऊँ और अगर सात दिन आप ये कर गए बिलीविंग या इससे थोड़ा बहुत भी आपने ऊपर नीचे कर लिया तो इट्स ओके चल जाएगा अगर सात दिन आपने जो रूटीन मैंने फॉलो की अगर आप वो कर गए तो आई एम श्योर इनशा आपका भी नींद का मसला हल हो जाएगा मैंने अम्मी की इस बात को एक लाइक जो है वो रिसर्च करके देखा तो मैंने अम्मी की बात से यह पिक किया कि अगर मैं जल्दी सोता हूँ और सुबह फजर तहजद के वक्त उठता हूँ क्योंकि उस टाइम पर मैं तद की नमाज को कंटिन्यू किए हुआ था मैं तहजद पढ़ता था मैं सुबह तहजद के वक्त उठता था और वो कभी ढाई और कभी तीन ढाई और तीन मैं इस टाइम पे उठता था आप चार बजे भी उठ सकते हैं पाँच बजे भी उठ सकते हैं लास्ट पाँच बजे का टाइम रख लें आप आपकी रिलैक्सेशन के लिए दो घंटे और आगे अगर आप सुबह पाँच बजे फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उठते हैं और फिर आप बेड पर नहीं लेटते बेड पर नहीं जाते मैं जी हाँ मैं कह रहा हूँ जी हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बेड पर नहीं जाते हाँ ये मुझे याद है वो मुश्किल वक्त आपका पूरा दिन सर चकराएगा, आप डिसबैलेंस होगे आप अनबैलेंस होंगे आपको ब्रेन फोक होगा आपको लगेगा ज़मीन ऊपर आ रही है आप गिरने वाले हो आपसे ठीक से चला नहीं जाएगा आपको ठीक से भूख नहीं लगेगी नींद आएगी सर चकराएगा, बहुत तकलीफ आपको होगी बट याद रखिएगा आपने नमाजें भी पढ़नी है आपने बेड पर नहीं जाना आपने थोड़ा खाना है वॉक ज़्यादा करनी है और चलते रहना पूरा दिन काम करते रहना आपने कामों को नहीं रोकना आपने अपने आप को नहीं रोकना पॉजिटिव सोचना और एक ही चीज अपने आप से कहनी अल्लाह तरह शुक्र है मैं बेहतर हूं अल्लाह तरह शुक्र है मैं बेहतर हूँ ख्याल आता है रात को नींद नहीं आएगी आपने रिएक्ट ही नहीं करना अपने आप से कहना ठीक है नहीं नींद आएगी तो क्या हो जाएगा कोई मसले वाली बात नहीं मैं बस अपनी तरफ से हंड्रेड एंड टेन कर रहा हूं आप जैसे ही रात आए पूरे नौ बजे मोबाइल को साइड पर रख के हर चीज को साइड पर रख के आपने यही सोचना है कि आप जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं इसको छोटा मोटा काम ना समझिएगा रिलैक्स खुद को काम रिलैक्स रखना है जितना ज्यादा हो सके हो सकता है आपको नींद ना आए लेकिन आई एम श्योर अगर आपने ये सारा कुछ एज इट इज किया तो आपको थर्टी से फिफ्टी परसेंट बेहतरी जरूर नजर आ जाएगी अगर नींद नहीं आती इट्स ओके okay. चले ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा नींद नहीं आएगी ना वैसे तो आ जा नहीं है अलहमद ला मुझे इतना भरोसा है अगर लेट इपोज नहीं भी आई आपने फिर भी परेशान नहीं होना सारी एक्टिविटीज़ वैसे रिपीट करनी है फजर के वक्त बेड छोड़ देना है अपने आप को पूरा दिन कामों में उलझा लेना है दिमाग कहेगा ये हो रहा है दिमाग कहेगा वो हो रहा है यार तू तो गिरने वाला है यार तो ये लिमिट इसका काम इसको करने दें आप अपना काम करें आप याद रखें कि आपको ये जो सबकॉन्शियस है ये आपको बटकार है आप कॉन्शियसली आप हो यानी कि आपकी जात कॉन्शियस में है आप जो देख रहे हो वो आप हो जो सुन रहे हो वो आप हो उसके पीछे से जो इनर वॉइस आ रही है वो आप नहीं वो आपका सब कॉन्शियस है इस बात को अपने माइंड में रखना है आपने बार बार खुद को पॉजिटिव करते रहना है हर नमाज के बाद मेडिटेशन करनी है हर नमाज के बाद मेडिटेशन करनी है अल्लाह से रो रो के दुआ करनी है एक आपकी नींद ठीक होगी आपके कितने मसले मसाइल हल हो जाएंगे आप जान ही नहीं सकते इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इतने लोगों ने कोचिंग ली मुझसे कितने लोग मुझसे कोचिंग ले रहे हैं कितने कितने लोगों का कितना कितना मसला था यार मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला अल्ला ने उन लोगों को भी इस पैटर्न से ठीक कर दिया कि यार सिर्फ एक ये पैटर्न फॉलो कर लो जल्दी बेड पर चले जाओ और जल्दी बेड को छोड़ दो यह कि पूरा दिन आप बैठे रहो तो फिर आपको नींद कैसे आएगी दूसरे दिन जब आप बेड पर जाओगे मोर पॉजिटिविटी के साथ जाओगे और इस टाइम आप अलहमदल्ला 50 टू 70 परसेंट अपने आप को ठीक कर चुके हो 50 फिफ्टी टू सेवेंटी याद रखिएगा इस रूटीन को आपने हिलाना नहीं है ये नहीं सोचना कि चलो ठीक है जी हो गया ये आपकी फॉर रूटीन है हाँ कभी कभार 19 20 हो जाए तो इट्स ओके बट इसको कभी आपने खराब नहीं करना उसके बाद फिर तीसरे दिन अब ये चीज और काम हो जाएगी और आपका अंदर से स्ट्रोंग मजबूत होता जाएगा चौथे दिन आप मजीद मजबूत हो जाएंगे और आप बेड पर जाएंगे यूं यूं नींद आ जाएगी आपको मैं ये बात यूं वाली एम नहीं कह रहा मैं बेड पे जाता हूँ हार्डली पंद्रह से बीस सेकंड हार्डली यू नींद आ जाती है मैंने अपनी रूटीन बता दी मेरे से कितने लोगों ने कोचिंग ली और अलहमद ला ले भी रहे हैं और कितने लोग लेके जाओ छोड़ के जा चुके और कुछ लोग जो अभी भी हैं उन सबकी मेजोरिटी में नींद का मसला था और एक सिंपल रूटीन कोई बंदा अपनी टिक्स एंड ट्रिक्स शेयर नहीं करता लेकिन मुझे किसी से कोई लालच नहीं है मुझे एक ही यकीन है कि जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख रखा है वो मुझे मिलेगा मेरा मकसद सिर्फ आपके लिए कुछ करना है अगर आप इतना भी अपने लिए नहीं कर सकते ना तो बलीमी आप किसी को कंप्लेन करने का हक नहीं रखते आप किसी को बुरा कहने का हक नहीं रखते आपकी जिंदगी आपके फैसले हैं आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुमने मुझे वक्त नहीं दिया तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया आपको एक रास्ता मिला है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे या कह देंगे कि ये तो बुरा रास्ता है ये तो हो ही नहीं सकता ये तो नहीं तो फिर आपकी जिंदगी आपके फैसले लेकिन एक बार इसको पूरे यकीन के साथ करके देखिएगा पांचवा दिन आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा अब यू यूं यूं यू, आप भी उस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे आप भी उस चीज को देखना शुरू कर दोगे और जो आपका मेलाटोनिन यानी कि जो नींद का हारमोन होता है उसका पीक टाइम शुरू हो जाता है मगरब के बाद वो खुद ब खुद ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे से पहले पहले अगर आप बेड पे होगे ना तो नींद आपको पकड़ लेगी और नींद फिर आपको उस झोंके में ले जाएगी और ये सुबह के 4 बजे तक होगा इसकी पीक और इसका डॉन 4 बजे का पीरियड है ये तकरीबन इस पीरियड को अगर आपने एंजॉय कर लिया ये 6 घंटे होते हैं जो इंसान की नींद के लिए बेहतर होते हैं अगर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर और आपकी जिंदगी इसने बदल दी तो समझ जाइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ किया और अगर आप ना कर सके तो फिर शिकवा ना कीजिएगा किसी से फिर किसी से शिकायत कैसी इतना सिंपल करके मैंने बता दिया यार इतना सिंपल पहला दिन थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो दूसरा दिन हो सकता मुश्किल हो तीसरा दिन भी हो सकता मुश्किल हो चौथा दिन भी हो सकता मुश्किल हो पाँचवा दिन आसान होना शुरू हो जाएगा छठा दिन मज़ीद आसान हो जाएगा सातवा दिन तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद ये आपकी रूटीन हो जाएगी ये पैटर्न्स कभी आपने छोड़ने नहीं हैं मैं आज भी पांच बजे उठता हूं ज्यादा से लेट हो जाऊं साढ़े पांच हो जाते हैं मैं कभी भी रूटीन्स को खराब नहीं करता हालांकि मैं जीरो स्टेट एक्सपीरियंस कर रहा हूं जीरो स्टेट ऑफ माइंड जीरो स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है इस पे मैं इन एक लेटर ऑन वीडियो बनाऊंगा और आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो स्टेट के बिल्कुल नजदीक होते हैं लेकिन हम उस स्टेट को अपने आप को उलझा उजा उलझा उलझा आप जो बार बार अपने आप को कहते हैं आपकी जात वही होती है आप कहेंगे नींद नहीं आएगी तो आपको नींद नहीं आएगी आप खुद को परेशान कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे आप खुद को परेशान कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं आपके अल्फाज आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं खुदा के लिए यार अपने सोचने का नजरिया बदलो आपकी परसेप्शन जो आपका ख्याल है वो हकीकत नहीं होती आप जो सोचते हो वह सारी जिंदगी हो नहीं सकता कि जो आप सोच रहे हो वही सच हो आप अपने पैटर्नस इस तरह के डिज़ाइन कर लेते हो आप अपने बिलीव इस तरह के डिज़ाइन कर लेते हो कि खुद रोते रहते हो खुद परेशान होते रहते हो यार दुख होता है जब लोग कमेंट्स करते हैं वीडियो पे यार ये निकल गया वो निकल गया और उससे पूछ रहे होते हैं भाई कैसे निकले आप यार 620 के करीब मेरी वीडियोस अलहमदल्ला हो चुकी हैं यार ये बहुत बड़ा नंबर होता है ये मेरी कितनी मेहनत है कितना कुछ है अगर आप अभी भी ना समझो कि यार ये इंसान लॉयल होके हमारे लिए काम कर रहा है हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए कर रहा है तो फिर इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ यार आपने अमल करना है और अमल करिएगा और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी हमारा मिशन यही है कि पूरी दुनिया को अवेयरनेस देनी है एक बिलीव देना है एक मोटिवेशन देनी है कि वो अपनी ज़िंदगी से एन्जाइटी को डिप्रेशन को किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी उनके फैसले उनकी लाइफ उनका कंट्रोल इसी चीज़ के साथ हमने चलना है तो वीडियो का अतम यही करते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इन बातों पर अमल कीजिएगा और कुछ ही दिनों बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलना शुरू हो जाती है इन अपना ख्याल रखिएगा असल अल्लाह हाफ़